तो तुझे। तुझे। जो, जो, साथ, साथ, पर पर सा, पर है, है? अरे यार यहाँ पे बम फ्रेन है हाँ। दो गोली के साथ एक पिस्टन है दिखा, दिखाओ, दिखाओ